मध्य प्रदेश की करप्शन क्वीन नाम से कुख्यात महिला अधिकारी का 9 लाख की रिश्वत का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है इस महिला अफसर का संबंध आयुष्मान योजना से बताया जा रहा है मामला हरदा का है वहीं अब सीएम से महिला को बर्खास्त करने की मांग उठी है मध्य प्रदेश की करप्शन क्वीन का रिश्वत के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है करप्शन क्वीन से मशहूर इस महिला अफसर का नौ लाख की रिश्वत का ऑडियो सामने आया है महिला अफसर का संबंध आयुष्मान योजना से बताया जा रहा है इस महिला अफसर ने रिश्वत में बड़ा हाथ मारने के लिए अपनी पोस्टिंग बड़े जिले में करवाई है लेकिन जिले के कलेक्टर के पास पहले ही इनका काला चिट्ठा पहुंच गया कलेक्टर ने फिलहाल मैडम को लूप लाइन बैठा रखा है लेकिन इनकी हरकते कम होने का नाम नहीं ले रही ये वीडियो हरदा का है महिला आयुष्मान की नोडल अधिकारी हैं। नौ थे और अब 10 हो गए ये नौ ही है ये लो। मुझे एक को मैंने देने का बोल दिया था एक। तो दस मिनट में तुमने टाइम दिया 10 मिनट भैया नहीं निकला जो सुबह की बात बता रहे सुमन सुबह जिसको हमने दिया था ना निकालने के लिए वो ऐसी बोला था पाँच लाख भाई अभी आपसे क्या बता रहे हैं यार अरविंद भैया इनको समझाओगी क्या इनको क्या समझा रहे हैं उनके भैया पैसा नहीं है तो आप ये बनता है तो आप इतना ही तो समझाना है कि भाभी मेरे आप हम पे विश्वास करो उन्होंने इतना दिया है तो आगे भी देंगे हम बेकूफ तो है नहीं कि आपको आठ लाख रुपए दे रहा हैं और दो लाख के पीछे हम भाग जाएंगे यार दे दस लाख दस रूपए में, में काम करा सकते हो अरविंद भैया तो एडजस्ट कर नौ लाख दे रहा है वो एक लाख खा के भगेगा क्या यार मैडम के हाथ में हर चीज है और आप वो सोचो चलो ठीक है आयुष्मान तो ऐसा अगर जाएगा तो हम अपना ये वाला पैसा थोड़ी ना हाथ का गवाएंगे दूसरे ऐसी पर्स ले करके दे रहे हैं आपको सब हेल्प करने के लिए तैयार हूँ आप तो भैया कॉमन सेंस वाली बात मतलब इतना तो यार आप रखो कि भाई आपकी भाभी आप उससे ये तो जाकर बोल सकते हो भाई से बोल सकते हो कि भाई हमारे अपने ही हैं ना आप ना राक इतना राक तो कंसीडर करो अरविंद भैया ठीक है क्या तू क्या बात कर देंगे निकलो आप में देखती हूँ फिर मैं जानता रहा फिर मैं आखिरी मौका तेरे को देता हूँ ना मेरे खास है मैंने एक लाख की गारंटी हाँ। लिया मंडे से ले लेना अरुण भाई ये ठीक है अरुण भैया इतना बोला कि ना भाई आप आपके नाम पे विश्वास रखिएगा हमारे सामने व्यवस्था करिए बड़ी मुश्किल ऐसी करके दे पाई है फिर काम करता क्यों देखो अपने ऐसा तो नहीं भरा पड़ा हो करोड़ो में चला आ रहा हो अरे तो बोलो वो भी इतनी टूची तो हरकतें नहीं करेंगे हैं वो हम भी। तो हम तो ही दी जाएंगे एक है हाँ तो आप तो देना अपने पास से अरे वो बात नहीं है मगर झा तो ऐसी बात करते हो तो फिर गुस्सा आता यार आप ही कर रहे हो बात आप ही कर रहे हो आप बात आप ही कर रहे हो हम लोग तो बोल रहे हैं की भैया है ना एडजस्ट कर लेना यदि भगाए तो फिर मुँह लटका के आजाना बाहर कुछ कैसे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 दख